गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आज के दिन हम फिर से खेलने वाले हैं यार फ्री फायर तो यार फटाफट से शुरू कर लेते हैं बिगिन कर लेते हैं अपना फ्री फायर का जो प्रोसेस है और ये हमारी गेम वोम खुल चुकी है हाँ, स्नैप ही आ चुका है यार डायमंड रॉयल में एक नया जो है स्नैपी आ चुका है डायमंड रोयाल में नया ये शार्क वाला वंडल है पता नहीं कैसा दिखता होगा कैर छोड़ो यार हमें तो प्लेटिनम टू ही रश माना है डायरेक्ट और ये गाइड रेमपेज न्यू डाउन इवेंट भी आ चुका है ये रेमपेज न्यू डाउन इवेंट काफी अच्छा लगा मुझे इसमें मैंने दो तीन फॉरवर्ड किए हुए हैं वैसे तो मैं सारे फॉरवर्ड करने वाला हूँ क्योंकि व्हाई नॉट फ्री की चीज है है ना तो गाइज फिर अब आ, क्या बोलते हैं आज के दिन वैसे हमारा प्लान है ये की हमारे को क्या करना है हमारे को आ, ये तो डाउनलोड ही नहीं है रिसोर्सेज पैक अरे ये देखो टेंट आया एक नया और अपन लोग यहाँ का गोल्ड मार लेते हैं तो आज दो मैच खेलेंगे कितना जाता है अगर दोनों जीत गए तो बहुत ही बढ़िया अरे रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट भेजी अरे बिल्कुल अरे मेरी स्किन डाउनलोडेड नहीं है फटाफट सीनी स्किनों को डाउनलोड कर लेते हैं ये तक डाउनलोड है और गाइज फटाफट से स्क्वाड लगा लेते हैं गैस और इनकी भाई साहब की रिक्वेस्ट भी हमने एक्सेप्ट कर ली है और हम पेल देंगे सारे गिलॉक जो है आपका बॉट पेल देगा सबको और हम ये कुत्ता फांदी करते हुए क्योंकि ये खोल तो रेनी है जोन अः खुल गया जोन गाइज अब फटाफट से जाते है, हैं बंदे ढूंढते हैं कहाँ मिलेंगे बंदे चलो देखी जाए जरा बंदे की गाइस मिनट पे एक मिनट कहा है यार बंदे और बंदे दिखाओ तुम मुझे बंदे ही ना दिख रहे कताई बिल्कुल तुम बंदे ना दोगे तो कैसे आ, आ, काम है नहीं और अपन लोग पार जमाने की को कोशिश करते क्या होगा मिशन ऐसा भाई साहब ये क्या हो गया भाई आोर से लगी काइस फटाफट फट से और यहां पर लोग यहाँ पे बॉट की तरह जाते हुए अरे अरे अरे मंदबिल हाँ अरे मारा है भाई साहब हमारे बड़े तगड़े तरीके से भाई साहब हमार ने हमारे पेल दिया गया है बिल्कुल पिल गए हम साइड से इनको पेलते हुए और लुकीटा गया लुकीटा गया और वैसे इन लुकीटा को भी पेलते हुए और अरे भाई साहब डाउन कर दिए भाई वो ट्रिपल किलो भाई भाई भाई भाई, भाई। हेड ही सीधा हेड शॉर्ट सीधा पकड़ा दिया यार गाइस बड़े तकड़े अंदाज में कोई सीन निकाइस आगे को देख लेते हैं अब आगे इस, इस राउंड में मैं वेक्टर सोच रहा हूँ इस बार मैं सोच रहा हूँ डबल वेक्टर चलाऊ इस गेम में और देखते हैं एक्चुअली मैं साइड से जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा देखता हूँ साइड से कोई बंदे है कि नहीं शीशे में गया यार चलो कोई सिन्नी गाय जब आ चलते हैं यार आ रहे बिलकुल हो रहे बिल्कुल फंसते ही जा रहा है आदमी तो कोई सिन्नी अरे बंदा दिखा ओ ओ हेलो मैडम हेलो ओ पढ़ रही पढ़ रही पढ़ रही आलोक लगा हाँ बढ़िया आएगी आएगी भगी भे आई, आई भगी भाई अरे नहीं नहीं अरे आ भाई भाई भाई भाई ये क्या हो रहा है बिलकुल नुबड़ो की तरह खेल रहा हूँ भाई अरे वो कौन भैया रिवाइव कर दो भैया अरे भैया रिवाइव कर दो अरे भैया तो रिवाइव ही नहीं कर रहे यार So जल्दी-जल्दी जल्दी को दो यार से 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं और इसी के साथ जब पार्टनर प्रोग्राम में एड हो जाऊंगा तो यार फिर 25,000 पच्चीस हजार डायमंडे उससे 10,000 थाउजेंड का जिसके मैं गिवे करने वाला हूँ यार और आप लोगों को बर्डी भी बना सकता हूँ फटाफट से पे कमेंट कर लेना कमेंट करना मतलब आ, रिक्वेस्ट यार गाइस अभी भी तो सीन होता है बचे हुए मुझे आ, पड़ी, पड़ी, पड़ी, पड़ी, आ, मरे, मरे। क्योंकि मुझे गेम की साउंड ज्यादा पसंद नहीं है यार गेम के साउंड में रखा गया है तो है वो ऑन साउंड ऑन करके ही रखता हूँ और अब इस राउंड में अपन लोग ने एम पी फाइव चक्कर ली तो मैं क्या बोल रहा था हाँ अरे जो खोलेगा वो देखते साइड से जाते है यार साइड से वैसे तो कोई बंदा दिखता नहीं आज तक कभी दिखा नहीं क्यूँकी सारे बीच से जाने प्रेफर करते हैं पर है कुछ कैंप पर लोग यहाँ तो दिख नहीं रहा कोई करते ऊपर से चलते ऊपर से ज्यादा मजा आएगा है ना गाइस आ दिखे दिखे अच्छा ये तो अपना ही है सो so, गाइस बहुत ही ओपी तरीके से और हमने ये नॉक कर दिया है भाई साहब हेडशॉट बिल्कुल ओपी अब देखते हैं एक और आया आ, मुझे औ भाई ओह भाई, भाई भाई भाई भाई अरे फटाफट आलोक लगा ऊपर पहुंचता जल्दी जल्दी औ लुकीटा अरे भाई, भाई भाई भाई भाई पिल जा भाई ओ भाई साहब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गाय पटाखे दे दिए लुकीटा को ओ भाई ये क्या है ओ भाई मेरे को एमवीपी बना दिया भाई चलो गाय जैसा करते हैं ड्रैगन एक एक कमाल दिखाते हैं ड्रैगन एक वैसे पसंद है अः चलो अंदर ओ बंदी खोपड़ दिखा अः चलिए चलिए ऐसा करते हैं अंदर से मारते है खोपड़ा so, ये है का क्या क्या ही ड्रेग, क्या ही चलती है भाई ये तो क्या ही एकदम मस्त अंदाज में ओपी तरीके से के जो है चलती है चलती क्या ही बोले हम इसे ड्रैगन एक को अरे इसे पूरा खा जाता हूँ भाई डकार लेता हूं इसे पूरा वरना कोई रिवाइवर रुव दे, दे देगा अरे दिखा दिखा देखा कहा मैडम कहा कट्टे को हो रही ऐसा करता हूँ अंदर जाता हूँ वो दूसरी साइड निकल गया भाई अरे यार एक तो या अंदर है जल्दी। इस नहीं है ये भी नहीं है वहां भी नहीं है यहाँ पे है क्या करी मैडम इधर देखो ओह भाई साहब क्या ही मतलब क्या ही दो तीन गोलियां पड़ी और शक्ट लगा पूरा का पूरा, पूरा हेड शॉर्ट भाई पूरा एडविन लगा, लगा बॉडी पर फिर भी खा दिया हमने उसको पूरा-पूरा कोई दो तीन खड़े और फटाफट से जाते हैं और कहा है बंदा भगरा भाग रहा है ओ भाई मार्केट मेरे को दिख रहा था वो दो खड़े हैं दो खड़े से पहले ओ भाई, पेल, पेल, भाई फटाफट से दूसरा बंदा देख लेते दूसरा है।, पटरी है पटरी है अंदर कुछ फटाफट से गाय से अपन लोग अंदर घुस चुके हैं और आलोक उलोक लगा लेते हैं और फटाफट से निकलते हैं और फुटस्टेप की आवाज आ रही है मेरे को कहाँ पे है अरे ड्रैगन एक मेरे पास चलो यार वो नीचे ने कर लेता हूं यार नीचे वो आ दूसरी साइड है दूसरी साइड हेड दिखा है थोड़ा सा चलेगा उसने दूसरे ने ओ भाई साहब क्या ही मतलब नेड़ से पेल के रख दिया पूरा पूरा ओ भाई साहब इसी के साथ गाई सोच चुकी है बोया बोया इस मैच में बोया कर लिए गाई सबने और एक भाई साहब इन्हें हटाइए परे और गाइस प्लेटिनम रैंक रिजल्ट आ चुका है एक स्टार अरे स्ट्रिक नहीं चला रहे ये पागल लोग मेरी स्ट्रिक चला दे तो यार थोड़ा बढ़िया थोड़ा आ जाए कोई सीन नहीं गाइस फटाफट से अब अग अगला मैच लगा लेते हैं ओ बाई गुडनेस छह सौ रुपए की स्पेशल ड्रॉप ओ भाई इससे सस्ती तो बेटा मैं नॉर्मल स्टोर से खरीद रू यार क्या ही तुम क्या ही मतलब चलो यार इस बार डबल्यू एस पी देंगे पहल देंगे बिलकुल बिलकुल खा देंगे एक बोरा एक आद नॉक हो जाए ना आजा बेटा आ जा आ जा खा जाऊंगा खा जाऊंगा सारा यार ये डब्बा आ रहा बक्सा बीच में यार आगे को तो चलता हूं कुछ बंदा अग वो रहा एक ओ मर जा मर जा ओ हेड पड़ा ओ भाई साहब नॉक इतनी दूर से पूरा खा जाऊंगा ओ ओ भाई ओ भाई साहब, साहब हेडशॉट क्या क्या ही क्या ही मतलब को, पहले राउंड में मिल चुकी है, और गैस काफी है ओ भाई एक बार फिर से मुझे को बना दिया राउंड का यार क्या ही मतलब क्या ही मेरे जैसे बॉट को एमवीपी बना दिया है, कोई भी सीन नहीं कोई भी सीन नहीं फटाफट से आ जाओ भाई कोई नीचे आ देखो भैया ये क्या सीन हुआ जब हमको नीचे आने की बात होती तब कोई नीचे नहीं आता ओ भाई साहब भाई साहब पील भाई ये कौन है ओ भाई साहब ये क्या चीज है भाई मर जाओ ओ भाई पिल रहा है कोई पढ़ रहे मेरे को शॉट कहा से भाई वो रहा मारा। ओ भाई ये क्या है ओ भाई साहब पिल्जा पिल्जा और पिल डैमेज डैमेज डैमेज क्या ही मरचा मरचाई साहब क्या ही मतलब ओपी अंदाज में अब इसका एक दोस्त भी आए इसको बचाने उसको हम बताते हैं ओ नहीं इसका कोई दोस्त था तो ये डायरेक्ट मर चुका है और हमारे राउंड में विक्ट्री गाइस बहुत ही अच्छे अंदाज में विक्ट्री कर ली है गाई सबने इस मैच में ये ले लेते ये वाला हम इसको दमुंडा बुलाते हैं दुमंडा तो अपना दुमंडा ले लेते हैं मजे से और फिर बड़े मस्त अंदाज में पिल पिला देंगे बंदों को दे पिल पिले घर इसमें पिल पिला देंगे सारे बंदे मशरूम इधर दे सो बड़े अच्छे अंदाज में चलते हैं सीधा दमुंडा लेके अब आगे देखते हैं कहाँ है बंदा कहीं तो भी दिखना चाहिए अपन लोग यहां से जाते हैं और बंदा कहा है बंदा दिखा दो यार दिखाते बंदा ही नहीं दिख रहा भाई क्या ही सीन है मर मर ओ भाई हेडशॉट पड़ा ओ भाई साहब क्या ही सीन मतलब कहा, कहा भाई कहा घुसने कोशिश हो रही अरे भाई भाई भाई भाई, भाई। ओ भाई साहब ये क्या ही सीन भाई मेरे दू का मतलब डबल वायरल काम चला नहीं और भाई इसमें मेरे को इसने से ही बेच दिया बुरा बुरा ओ गाय पर वो तो पीछे की तरफ होगा ना आई थिंक हाँ ये पीछे की तरफ होगा हो जोन भी आ रहा है पता नहीं क्या कहा है भाई वो हो रहा पीछे की तरफ है वो पीछे की तरफ है वो भाई साहब ओ ये वो तो मरा वो भाई साहब वो तो मर गया रे हाँ देख ओ गोलियां चला, चला रहा है गोलियां चला रहा है ओ भाई भाई, भाई भाई भाई भाई ओपी भाई वो तो मारा पीछे आ गया ही ओपी वाले अंदाज में कर हमने। और इस वाले राउंड में एमपी फोर्टी चक लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ी सी ज्यादा गन और यहाँ पे चलते और ले है फार्मस भाई फार्म किसी की स्किनलॉक नहीं है भाई हद्दी कर दी बिल्कुल और कोई सीन नहीं गए से चलते हैं अब यार भैया तुम जोन खोल तो जोन खोलने में तो मैंने मैंने बार बोल दिया कि जोन खोलो भाई कर दी दिखा मेरे को शायद कोई चल शायद दिखा यार कोई भाई उधर ऊपर है थिंक। कौन है भाई हाँ वो देख वो देख वहां फाइट चल रही है मैं बोल रहा था मेरे को देखा कोई अरे भाई साहब ऊपर अंदाज में चलते हुए गाईस। गाईस फटा, फट से चल पड़ते हैं। ओ, बंदा बंदा बंदा बंदा अरे फार्मस का नहीं लगेगा पटाखा भाई एमपी फोर्टी चलानी पड़ेगी ओ देख देख कहा भाई कहा थोड़ा खा लो शॉट खा लो यार थोड़े से क्या ही हो जाएगा आपका मर जाओगे परे बंदा ना दिख रहा भाई कोई आपको आज की वीडियो और ये भाई साहब हमारे वीआईपी विजय भाई साहब हो चुके हैं एमवीपी कैसे लगेगा इस वीडियो कमेंट में जरूर बताना यार सो so, अगली वीडियो में मिलेंगे so, guys, बाए बाए। और cutta